वक्त तुम जिस क्लास के अंदर खड़े हो वो बुलेट प्रूफ जरूर है लेकिन पत्थर प्रूफ नहीं चलो मैं दिखाती हूँ क्या महा। तो इस सीन में हम देखते हैं ये लाल चश्मे वाला विलन इस लड़की का किडनैप करने वाला है हाँ। लेकिन होती है मूवी के हीरो की और वनता है, तो है और, हाँ। <laughs> और इस बंद ने गाड़ी के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया देख सकते कितना खतरनाक दौड़ लिया शड भी उड़ रही है इस बंद की और देख सकते हो भगता ही जा रही है भगत ही जा रही है गाड़ी को दौड़ के पकड़ेगा के का लगता है और उसने गाड़ी पकड़ ली और ये और उसने विलन को घूरा और ये सुबह और एक गेट लेके भाग गया पगन उड़ती जा रही है उड़ती जा रही है रुकी नहीं दिया देख सकते हैं आप इस एक बंदे ने लात पूरी गाड़ी को घुमा और उसके बाद आप, तो आप ही नहीं सकते हैं और इस सीन के अंदर हम देखते हैं लाल गाड़ी के अंदर हमारे हीरो के भाई इन रघुआ को कुछ लोग किडने पर के लेके जा रहे हैं उसने तो उसे छोड़ दिया है लेकिन उसने रोकेट नॉन निकाली गोड ओ माई गोड क्या इसका लोड़ा इस तो नहीं बचने वाला है का। ग्रेविटी क्या है ग्रेविटी ग्रेविटी तो एक मिस्टेक है जिंदगी हो तो तो ऐसी हो, जिंदा झाड़ के बाल। ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोल रहा हूँ बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो नहीं बुरा तो लगेगा देखने वाली बात है ये देखो कि किस तरीके से खिसा लाए उड़ रहा है क्या हो रही है नहीं ये हो क्या रिया मुझे बताइए हो क्या रिया है असल में हो क्या रिया क्या है यहां पर हीरो अपने जलवे हुआ, ये जल में मारा और और गया की की और, और के गेंद की तरह बिल्कुल ही, दो में में लात लात मार दी, और ये तीसरे में फिर कान के लेकिन पीछे आप देख सकते हैं वो हुआ अभी तक हवा ओ, में ही है और यह काले घोड़े पे लाल हीरो बेटा चला रही कुछ भी कुछ भी देखा इस सीन को हम रिप्ले में देखेंगे फिर किसी आप देख सकते हैं आप घोड़ा तो पेले ही गिर गया था ट्रक के नीचे से निकल कैसे फिर अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। मतलब कुछ भी रुक कहा से आते हैं? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैन करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाता